बस ऑल तो गैस ये वाला मिशन भी कम्प्लीट हो गया हम हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो सो गायस आज हम लोग दोबारा से खेलने आ रहे हैं जी डी एस है स्वीट बुलाए थे जाएंगे स्वीट खाने का स्वीट नहीं नाम है ओके तो गाइस जाके आएंगे पहले बात करेंगे ऑलराइट राइट सो गाइस खा लेके हाईडिन रूट पर जाना है तो गाइड जाके आएंगे। तो गाइड यहाँ से लेफ्टन लेना है भाई तो ये जी है ना तो इसके गाड़ी पे सेंट पड़ता। पर okay, तो टाइस समझ गया मैं। क्या काम करना है यहाँ पर पेंट करना है टैग लगाना है अपना ओके फर्स्ट टैग लग गया सेकंड टैग भी जाएंगे स्प्रे करना है टैग ओके राइट तो ये ये साइड भी टैग लगा देंगे ओके तो ये साइड भी लग गया टोटल तीन टैग लग गए अब अभी तीन लगाना है जाके लगा देंगे उसके बाद नॉर्मली अपने बुकार भी मिला लगा देंगे इस यहाँ से राइट टर्न ले ट जाना है ईस्ट लॉस एंटोस में जाना है अब right, तो ये साइड टैग लगाया था तो लॉन्ग आते जाए right, तो फोर टैग लग गए चार लगे टाइगर अग... ओके तो ये साइड भी एक टाइगर लगा दे के जल्दी से जाएंगे पुलिस वाले आते भाग है भी। भी। तो भागो भागो भागो भागो ये साइड जंप करके फिर ये साइड जंप करना है ओके अब ये साइड जंप करना है फिर ये साइड ओके नो तो नौ जल्दी चढ़ना यार तो यहां से यार आग। आग। आग। से .ですね。okay, तो से करके जाएंगे। ओके। ओके ये टैग लगा दें। लेट्स गो। जाना है जाके जल्दी से मिशन को डायरेक्ट कार पे जब ऑल तो वाइस अब घर पे जाना है सो यहाँ से स्ट्रेट यहाँ से लेफ्ट लेफ्टा यहाँ से फिर लेफ्ट लफ्टा और ख़त्म। के मिशन कंप्लीट हो गया कंप्लीट, के साथ, 200 नेक्स्ट ओके, ओके, बाइक है गारा बाइक है बाइक पे जी Okay, आई साहब जाएंगे क्या काम करना है आप लोगों ने वालों मेरे को मालूम क्या काम करना है पहले जाना ओके okay, ये साइड रुक के आप आपको फिनिश खत्म करना है ना स्नाइपर निकाल के शूट करेंगे यहाँ से okay, यहाँ काउच करके अब चेक से पार्टर साइड शॉट ओके अब सीधा जाना है सीधा जंप करते रहते जाएंगे। ओके। okay. पर क्या करना है? राएडर। राएडर की वजह से रुक गया था। अब तो मुझे सर क्या बेस्बा Okay. Road streak going down. Don't go back, son. Don't go back now. Okay. Ah. Oh. Oh. Ah. Boy, back? Niya? I told you, run. Don't go far. Okay. जा भी एक है, है जब टी लगता रुक सकते अपन जेंगे घर को जागे Right. So, मिशन पुलिस और राइट भाई राइडर आज पुलिस को ले वाला भी आया अच्छा आ रहा पुलिस वाला भी आया करते जाएंगे, हमारी बाइक किधर साइड थी साइड थी है है, भी नहीं वो साइड right, तो तो बाइक ले ले पे आ जा, right, तो सीधा जाना है अब यहाँ से टर्न लेना है बस ऑल राइड right, तो गए ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो गया तो, लेटर है रिस्पेक्ट है कितनी रिस्पेक्ट लेते हो भाई क्या है खाली रिस्पेक्ट इतनी मेहनत कर रहे से कुछ मिशन के पैसे ऑल राइट तो गाइस आप पहले जाएंगे घर पे घर पे ना जाएंगे घर पे पर ही देख फ़ोन उठाएँगे रिसीव करेंगे फ़ोन ठीक ठीक है ठीक चलो आप घर भेजेंगे घर पे जाके कैमरा है ओके कैमरा भी कैमरे में से फोटोज लिखेंगे ठीक अच्छा है कैमरा ठीक अब जाएंगे बाहर ओके okay, सुबह आने वाली है राइस अब हम लोग मिशन नहीं करेंगे मिशन परेशान करके फर्स्ट ये साइड जाएंगे पिज्जा खाइए पिज्जा लगाएंगे गाड़ी ओके ठीक है क्या okay. बात है क्या आ गया वो भाई भाई क्या था ये को को मारने का टाइम हो गया गाइस आप लोग तो तो पुलिस वाले मेरे पर मार दिए खत्म कर दिया मेरे को वहां पर टपका दिया एक गोली मारी देखो शूट कर घर पे गए मैं करता लास्ट दिखाने वाला था ओके। अरे मासूम रहते पुलिस वाले यहाँ के पुलिस वाले मासूम रहते मार देना बाद में माना पहले अपने दुश्मनों को माना पता मैं गाइस मेरी बाइक ये साइड है ये तो तो मैं कहाँ था आप जाना था यहाँ पार्क कर रहा था ओके ते तो गाड़ी आप अंदर जाएंगे चल भाई अंदर ओके कोई भी नहीं है अब क्या हुआ भाई कोई नहीं है अच्छा नहीं दे क्या पिज्ज़ा पिज्ज़ा नहीं है कुछ अलग और right. so, ठीक है कैसे लिया मेरे से ठीक खाओ गोली आप भी खाओ बोले डर पैसा नहीं लगता है आप भी खाओ बोले चलो ठीक है अब यहां पर अभी हाँ yes चलो अब क्या तो क्या काम करना है तो घर पे घर पे आपकी गाड़ी के वहाँ आप पर, मेरे को मारे पे कितनी मिनट आपकी एक गा, एक गाड़ी बोला एक गाड़ी क्या बगले रहा भाई अच्छा है तो तो तो तो तो तो तो अब गाड़ी तो साइरन लगा लेके जाना तो कोई नहीं जाएगा अच्छा भाई तो साहब क्या बचाए ये तो घर देर है पैसे ओके यहाँ बढ़ चुके बैठो घर आप भी आ रहा हूँ कम पैसे आ गए अब लेंगे खैर परचेज कर लिया प्रॉपर्टी ये बहुत अच्छा लगता भैया बोलो अब दिखता होता आप गाइस सुकून से देखेंगे आप पंक्चर कर दिए टायर ठीक है आप बोलो अब बोलो आप, बोलो आप। मारो मारो मारो पूरे मिलके भी मारे तो मिलो अकेले कोई नहीं बोलो भाई आप बोलो आप बोलो अब बारी है हेलीकॉप्टर तो हो गया आप कौन सा हवा में कुछ तो आप ओके तो भाई अरे कौन सी साइड है रे भाई मेरे अरे वो तो साइड है पूरे मंडल ऐसा से कहा ऑल राइट तो गाइज पूरा पूरे मर गए ना मरे अभी भी okay, पूरे मरे गए okay, हेलीकॉप्टर बचा जबरदस्त हो गए अब आपको ने अभी छोटी गन सामान है से मार नहीं मारा लगा अरे कितने गली आम भाई अभी हेलीकॉप्टर भाई हाई लाइट बंद स्टार की पुलिस हो अभी फिर ग All right the guys. For more the friends. All right the guys 4FL. All right. All right the guys. All right, the guys. ठीक है अब जा रहा हूँ ऑल राइट तो गाइज आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर एवरीवन एंड गुड बाई